रात में सोया ना था मैं वो तो था तेरे आदमे वो ही लोग कहते हैं पार वो न जाऊ तेरे जुटाया है मैंने अब किसी के न मानू